मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अतिवृष्टि वाले इलाकों का हवाई सर्वे किया इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा पिछले 48 घंटों में प्रदेश में भीषण वर्षा हुई है कई जिलों में बारिश ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए है वही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और नदी नाले उफान पर है मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हो चुके हैं कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं सीएम शिवराज ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा किया इस दौरान उन्होंने कहा कि भोपाल विदिशा राजगढ़ गुना रायसेन सीहोर नर्मदापुरम जबलपुर समेत मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जिसके कारण बांध लबालब भरे हैं कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं और कई जगह नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है विदिशा जिले में बेतवा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। कई गांव खिरे हुए हैं गुना में पार्वती नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और कुछ गांव में जल भराव की स्थिति है अब नर्मदा जी में जल स्तर कई जगह कम हो रहा है लेकिन नेमावर जैसे स्थानों पर जल स्तर बढ़ भी रहा है शिवराज ने कहा कल से लगातार मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूँ रात को भी सिचुएशन रूम से और आज सुबह भी सारे जिलों से जुड़कर हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है भोपाल की सड़कों पर मैं रात में भी घूमा था सभी जिलों में असामान्य वर्षा हुई है प्रशासन लगातार सक्रिय है भोपाल विदिशा राजगढ़ गुना रायसेन सीहोर नर्मदापुरम जबलपुर को देखें तो मध्य मद, मध्यप्रदेश और पूर्वी मध्यप्रदेश में है बरसा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इसके कारण बांध लवालब भरे हैं कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं और कई जगह नदियां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 और कुछ गांव में जल भराव की स्थिति है अब नर्मदा जी में जल स्तर कई जगह कम हो रहा है लेकिन नेवावर जैसे स्थानों पर बढ़ भी रहा है कल से लगातार मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं रात को भी सिचुएशन रूम से सवेरे भी सारे जिलों से जुड़ के हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है भोपाल की सड़कों में मैं रात पर रात में भी घूमा था इन सभी जिलों में असमान्य वर्षा हुई है सीएम शिवराज ने कहा आगर मालवा रतलाम शाजापुर इनमें भी लगातार नजर रखे हुए हैं और निचले स्थान पर जो लोग हैं उन्हें ऊपर बसाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, संकट की घड़ी में मैं और प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है हम राहत और बचाव के कार्यों में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का भी हम भरपूर प्रयास करेंगे आप धैर्य और संयम से काम ले मैं भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निकल रहा हूं आपके साथ पूरा प्रशासन सरकार और मैं खड़ा हूं धैर्य रखें संकट की इस खड़ी से हम बाहर निकलेंगे सीएम शिवराज ने CS, राजोरा के साथ पैठक कर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का संज्ञान लेते हुए संबंधित जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं आगर मालवा रतलाम साजापुर इन जिलों में भी हम लगातार नजर रखे हुए हैं और नीचे स्थान पर जो लोग हैं उन्हें ऊपर बसाने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं जो बाढ़ से प्रभावित हैं संकट की घड़ी में मैं प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है हम राहत और बचाव के कामों में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का भी भरपूर प्रयास करेंगे आप धैर्य और संयम से काम लें मैं भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में निकल रहा हूं और आपके साथ पूरा प्रशासन सरकार और मैं खड़ा हूं धैर्य रखें संकट की इस घड़ी से हम बाहर निकलेंगे सीएम शिवराज ने कहा स्थिति अभी नियंत्रण में है लेकिन नर्मदा बेतवा बेसिन के चिलों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है भोपाल के बेरसिया तहसील अंतर्गत आने वाले हिंगोनी और चनकपुरी गांव टापू बन गए हैं और पानी लगातार बढ़ रहा है जिसके चलते लोगों ने घरों की छतों पर या ऊंचाई पर शरण ले ली है लगभग 300 लोग पानी में फंसे हुए हैं प्रशासन और पुलिस बोट की मदद से रेस्क्यू कर रहा है तखेड़ी स्थित हलाली नदी लगातार उफान पर है पुल पर आया पानी बरकरार है ईट थाने में घुटनों घुट्टों तक पानी घुसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीच रात अतिवृष्टि को लेकर समीक्षा की सीएम हाउस में बनाए गए कंट्रोल रूम से मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिला प्रशासन से बात कर जानकारी ली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा कलेक्टर से फोन पर जिले में राहत और बचाव कार्य की भी जानकारी ली भोपाल में अब भी रुक रुक के बारिश का दौर जारी है राजधानी में आसमानी आफत ने मचाई तबाही भोपाल में पांच सौ को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया सभी राजस्व अधिकारियों और अन्य विभाग के अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश हैं। राजधानी में लगातार 48 घंटे से बारिश हुई है 14 इंच से अधिक बरसात होने का अनुमान है शहर की आधी आबादी को कई घंटों तक बिजली नहीं मिली है भारी बारिश की वजह से फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है रास्ते बंद होने के चलते बड़ी संख्या में बस भी कैंसिल हुई है अजनान मुख्यमंत्री चौहान ने विदिशा कलेक्टर से अति वर्षा की स्थिति की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक कार्यों के लिए निर्देश दिए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आवश्यकता होने पर हेलीकॉप्टर भेजकर सहायता की जाएगी वहीं कलेक्टर राजगढ़ ने बताया कि अजनान नदी के जल स्तर में भी वृद्धि हुई थी लेकिन धीरे धीरे ये कम होगा और किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सजगता रखी जा रही है कलेक्टर सीहोर ने बताया की सोमलवाड़ा में जल स्तर ज्यादा था करीब डेढ़ सौ नागरिक को सुरक्षित किया गया है आवश्यक खाद्य सामग्री दूध आदि दिया जा रहा है कलेक्टर गुना ने बताया लगभग 20 ग्रामों में ज्यादा जल स्तर था वहां आवश्यक सहायता के कार्य किए जा रहे हैं मकसूदनगढ़ तहसील क्षेत्र के गांव में निवासियों के भोजन की व्यवस्था की गई है ग्वालियर से आपदा दल बुलाए गए हैं जरूरत पड़ी तो यह दल कार्य करेंगे सीएम शिवराज के निर्देश के बाद सरकार के मंत्री एक्शन में आए हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बोर्ड क्लब पहुंचे भारी बारिश के चलते भोपाल क्रूज को हुए नुकसान का उन्होंने जायजा लिया डूबे हुए क्रूज को तीन भागों में निकाला जाएगा मुख्यमंत्री शिवराज ने मंत्रियों से वर्चुअली बात की सभी मंत्रियों को अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों की मदद करने के लिए कहा गया प्रशासन लगातार सक्रिय है पिछले चौबीस घंटे में हमने चार व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है अकेले विदिशा जिले में ही 18 राहत शिविरों में 1200 लोग रुके हुए हैं और लगातार भोजन और आवश्यक सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है विदिशा में लगातार कई गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। विदिशा और गुना जिले के 25 गांव बाढ़ में घिरे हुए हैं अभी हमने प्लान किया है विदिशा और गुना जिले के दस गांव में जो लोग घिरे हुए हैं उनको दो हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जाएगा और वहां हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं राजगढ़ जिले में आठ राहत शिविरों में पांच सौ लोगों को ठहराया गया है कालीसिंध पार्वती चंबल नदी के जलस्तरों पर भी हम निरंतर नजर रख रहे हैं एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ डी आर की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है नर्मदापुरम में एनडीआरएफ की दो टीम विदिशा में दो जबलपुर में एक सीहोर में एक भोपाल में एक गुना में एक और ऐसी एसडीआरएफ की विदिशा में चार राजगढ़ में दो गुना में तीन ये टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है वोट के माध्यम से नाव के माध्यम से लोगों को निकालने का काम कर रही है हमने एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था के लिए एक हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ रहा और तीसरा भी हमने बुलवाया